बापला विपत् मोरे सिपाही हो देसवा के तु राखबा मोरे सिपाही हो देसा के तु रखबा जब जब देसा बापा पढ़े लिपतिया हो पढ़े ला विपतिया मोरे सिपाही हो देसवा के ही राखबार मोरे सिपाही हो देसवा के ही राखबार बाप जलाया पान सुंदर तिरिया हो माई बापत जलाया पान सुंदर तिरिया मोरे सिपाही हो मोरे सिपाही हो तेजी घर परिवार मोरे सिपाही के तु रख मुर्शिवाई हो जब बदेशवाप जब बजे बापर जब जब देवाप बजबा जैसा बाप पर ला विपतिया हो पड़ेला विपतिया मूर् सिपाही हो जैसा के तुहरा खबार मूर् सिपाही हो मूर् सिपाही हो जैसावा के तुरा सुरक्षा हो पर खेल के कोई ना सुरक्षा हो हो सैलू बात बार बार मोर सिपाही हो देसवा के तुम्हें कर विपतिया हो जब जा विपतिया मोर सिपाही हो जैसवा के तुई राखबार मोर सिपाही हो जैसवा के तुई राखबार